बसता। तो ये क्या है कौन है तुम लोग हमें बाबा हनीफ, सैफी और ये हैं बाबा डॉग। है यहाँ पे बाबा हो गए नहीं है भागो से। बजम कर दूंगा तुझे ऑलरेडी भसम इंसान बात। साढ़े चार सौ रूपए देख कोई मिलना आया तुमसे क्या हुआ रामू मानिक बाबा आए बहुत पोचे हुए आप वो तो दिख रहे कितने हुए तक पहुंच गए जो आए बाबा यहाँ बेटा तुम्हारी कोठी पे 500 600 आत्माओं का साया है काला साया आ बाबा बाबा मुझको आत्माएं चलनी है जलन और सीने में मेरे बाबा स्नूप नॉग कोई रैप पड़ के भूखो जल्दी से मेरे ऊपर अपना टाइम आएगा मैं नंगा ही तो आया था मैं कोठी लेकर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा नाम है और रैप मार क्या मसला no, नो आई एम ए डॉक्टर किसकी दुकान पे अभी मैं एम डॉक्टर बी ओके ओके और आप आई एम रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया अंबानी साहब अंबानी अम्बानी जी खन्ना और मैं प्रोफेसर बच्चों को सरकारी स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूं सलमान को भी मैंने नहीं पढ़ाई थी nice. मैं, मैं बाबा टिल्लू टिल्लू नाम मेरा बाबा फ्रॉम कानपुर तो प्रोफेसर साहब उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में अब हम में भी शक्तियां तो हमने पैर मारा हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए तो ग्रेविटी काम है इसमें ग्रेविटी कहीं मौजूदा ने ऐसी कोई चीज नहीं होती है